हेलो भाई वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी एफ फोर्टी वन जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये एंगेज महंगा होगा तो चलिए बिना किसी देखे के इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं सो लेट्स गो